सो है कम बैक टू माय न्यू व्लॉग तो आज मैं जा रहा हूं जलंधर और वहां से मैं जाऊंगा कटरा वैष्णो देवी दर्शन करने आई होप ये मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा मिलते हैं क्योंकि स्टेशन और समय अभी हो रहा है अभी ग्यारह बजे अभी मैं जाने वाला होता बारह के बीच में ट्रेन है अभी मैं वहाँ जाऊँगा इस्टेशन पर पूरा ब्लॉक में देखा कैसा है सो कैसे वही मिलता उस स्टेशन पर और अभी लेकर जो इसमें उठाना है चलते हैं सुबह से अभी मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं अब तक कब तक आए बीस मिनट लेट लेट चल रहा है आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और अभी मैं ट्रेन आता उसके बाद पूरा बैक उप रखा होगा फिर बाद में आपने बात करूंगा।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 दो घंटे के बाद मैं वहाँ जलंधर पहुँच जाऊँगा और पूरा मैं प्रॉ रखँगा क्या मैं सकूँगा आज क्या नहीं आई हो ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा गैस पहुँच गए हैं जलंधर और मैं हूँ इस समय दीदी के घर और देख सकते हैं कुछ ऐसा है और अभी मैं अभी अभी नहा के भी प्रेस हो चुका हूँ और मैं तो अभी नाश्ता कर लूँ फिर उसके मैं आप फिर के बाद मैं आपसे मिलूँगा देख सकते कुछ ऐसा है अभी मेरा टिकट है ग्यारह तारीख को वैष्णो देवी का फिर उसके बाद मैं वैष्णो देवी पूरा ट्रस्ट पूरा मैं दिखाऊंगा कि क्या मैं करूंगा क्या नहीं आई हो ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा सो so, वस yes, मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ता करने और फिर मैं अपने आपसे मुलाकात करता हूँ थोड़ा सा सजेस्ट भी करूँगा मिलते राइट शाम में बायमेंट्स तो सुगैत मैं अभी देवी मंदिर पे दर्शन हो चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आ, मैं अभी देख सकते हैं अभी पीछे मंदिर से दर्शन करके आया हूँ अभी मैं दर्शन का जो बचा रहा हूँ घर आई हो वीडियो अच्छा लगेगा ये तो सुगत मैं चलते हैं और चलता हूँ घर और तो सब भी कुछ ऐसा है अभी हैं तो आप मिलते हैं। बाय। यहीं एंड करते आई होप ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय